बिल में घुसकर नहीं सरे आम बोलूंगा अगर आईना भाई पे बात तो बीच चौराहे पर मारूंगा तो और कुछ मांगता मैं रब घना हर जन्म बड़े मेरा भाई तू